आएगा जो आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है जैसा कि आप सभी को पताया गया रेट दो हज़ार इक्कीस की पिछले अनशिर की जारी कर दी गई है आंसूर कैसे डाउनलोड करना है आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताने वाला हूं। आनसुर डाउनलोड करने के लिए आपको इस पेज पर आना है इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हो इस पेज पर आने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं एक एप्लीकेशन फॉरम और दो नंबर है इम्पोर्टेंट डाउनलोड्स तो आप इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स में आपको ऊपर दिखाई दे रखा है प्रेस नोटिफिकेशन आनसुर और दो नंबर दे रखा है आनसुरकी लेवल वन और आंसुर की लेवल टू आप जिसकी भी आनुस डाउनलोड करना चाहते हो उस पर आप क्लिक करोगे इस पर क्लिक करने के बाद आपकी आंसूर् डाउनलोड हो जाएगी मैं आपको एक आंसर की डाउनलोड करके दिखा देता हूँ लेवल वन की आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ उस पर क्लिक करने के बाद आपकी अनुसूर्गी डाउनलोड हो जाएगी आंसर के डाउनलोड होने के बाद आपके सामने इस प्रकार से होगी आप अपने क्वेश्चन आंसर को मिला सकते हो यहां पर दे रखा है एट्टी लेवल वन आपके सामने आप अगर आप लेवल वन के आंसर के डाउनलोड करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से होगी हो अगर आपको हमारे दी गई जानकारी अच्छी लीग तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए